रमज़ान की मुबारकबाद न दी जाए ऐसा हो ही नहीं सकता तो आज हम दोस्तों आपको बताएंगे कि इस रमज़ान पवित्र महीने में आप लोगों को किस प्रकार से बैनर बना करके मुबारकबाद दे सकते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है पिक्सा लैब पिक्सा लैब उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा मैंने कर रखा है इस वजह से ये ओपन दिख रहा है आप कर लीजिएगा करने के बाद इसको आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से नज़र आएगी इस पर आपको जो भी बैनर जिस प्रकार का बनाना है आप इसमें बना सकते हैं तो इसके लिए चलिए हमने कुछ बैनर सैम्पल हैं कुछ सेम्पल मेरे पास रखे हुए हैं तो चलिए मैं उनको यहाँ पर लगा के तुमको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप बना सकते हैं तो इसके लिए आपको ये तीन डॉट पे क्लिक करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी बैनर हो आप उसको यहाँ पर उठा लीजिए देखिए हमने दो तीन बैनर रख रखे हैं तो हमने ये बैनर एक उठा लिया उठाने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके से फ़िट हो जाएगी फिट होने के बाद अब आपको ये प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है पहले सा आइकॉन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रॉम गैलरी इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको अपनी इमेज यहाँ पर उठा लेना है कि आप कौन सी इमेज लगाना चाहते हैं तो चलिए हम ये एक इमेज उठा लेते हैं यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि आप कोई भी एक फ़ोटो अपनी लीजिए और इस बैनर के ऊपर आप यहाँ पर जहाँ पर भी आप सेट करना चाहें उसको सेट कर दें सेट करने के बाद अब अगर आप कोई शायरी देना चाहें तो आप एक शायरी भी दे सकते हैं तो आप देख सकते हैं न्यू टैक्स इस पे आपको ये पेंसल पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ये इस पेंसिल पे क्लिक करना है और देख सकते हैं न्यू टैक्स यहाँ पे अगर आपने कोई शायरी रख रखी है तो वहाँ पर आपको इसको फीट कर देना है फीट करने के बाद ओके करना है और इसका साइज़ जिस प्रकार से आप रखना चाहें रख सकते हैं जितना छोटा चाहें या जितना बड़ा चाहें यह आप पे डिपेंड करता है तो चलिए हम इसका साइज़ छोटा करके लगा देते हैं अब आप लोग अपने फ़ोटो को जहाँ पर भी सेट करना चाहें जितने पर भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इसके बाद देख सकते हैं यह हमने जो सायरी लगाई है इस शायरी को आप जितना भी चाहें एक इस पे आप बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से या अगर आप इसी में कोई कलर देना चाहें तो आप इस तरीके की कलर भी दे सकते हैं अब देखिए हमने ये शायरी भी एक जगह पे ये सेट कर दी है अब आप इसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं जैसा चाहें हम आपको एक सिंपल के तौर पर बता रहे हैं तो आप इसमें अगर कोई गलती हो तो आप ये ना समझिएगा कि हमने गलत बनाया है यह हमने एक आपको एक, एक सैम्पल के तौर पे तरीका बताया है आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पर और भी कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं टैक्स इस टैक्स पर क्लिक करना है और टैक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अब आप देख सकते हैं हम जो दूसरा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं आप जो भी दूसरा अगर चाहें तो वो लिख सकते हैं तो इसको हम अब इसको थोड़ा सा हम सैडो देंगे स्टोक आप पहले करके देखते हैं इस्टोक में कोई भी आप यहाँ से कलर लगा सकते हैं जैसे मान लीजिए वाइट व्हाइट हमने लगाया तो ये इस प्रकार से दिख रहा है रेड चाहें तो आप रेड लगा सकते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं वैसे यहाँ पे व्हाइट ज़्यादा खिल करके आ रहा है तो यहाँ पे हम व्हाइट कलर लगा देते हैं लगाने के बाद यहाँ पे आप व्हाइट कलर को और कम ज़्यादा घटा बढ़ा भी सकते हैं तो जैसा चाहें आप कर सकते हैं इसके बाद इसको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप इसको साइज़ को और बढ़ा सकते हैं अब देख लीजिए इस प्रकार से ये बैनर बन चुका है इसके बाद अगर आपको नाम डालना है तो आप इस पर अपने बैनर पर अपना नाम भी डाल सकते हैं तो इसके लिए आपको ये प्लस आइकन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये टेक्स्ट दिखेगा इस टेक्स्ट पे आना है पेंसिल के निशान को टच करना है उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो भी नाम हो वो नाम डाल सकते हैं तो चलिए हम नाम डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं आपको अगर अदर कोई नाम डालना है तो इस प्रकार आपको नाम डालने के बाद एक इसको डार्कनेस पे ले लेना है इसका आप चाहें तो कोई भी एक कलर भी इसका किसी भी कलर पे आप इसको दे सकते हैं कि जो बैनर पर खिल करके दिखे चलिए हम इसको ये कलर दे देते हैं इसके बाद इसको आप बोल्ड चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं इटैलिक भी कर सकते हैं और राइट पे क्लिक करने के बाद आप इस पर इस्टोक ज़रूर दें इस्टोक के लिए आप वाइड ज़्यादा बेहतर रहेगा और इसको जितना भी कम ज़्यादा चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसके बाद राइट क्लिक कर दें क्लिक करने के बाद इसका साइज़ आप छोटा करें छोटा करके आप यहां पे फ़ोटो के ऊपर लगा सकते हैं लगाने के बाद ये थोड़ा सा साइज़ हम इसका और छोटा कर देते हैं जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए आप देख सकते हैं ये बैनर इस तरह से बन चुका है एक सिंपल के तौर पे है और आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी बना सकते हैं तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों धन्यवाद